नौ वर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं ज्योतिर्विद आशीष पांडे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेष राशि फल के जनवरी माह के इस स्पेशल कार्यक्रम में दर्शकों आज के इस राशिफल में हमारा विषय रहेगा कि जनवरी का आखिर यह माह मेष राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा यदि अच्छा जाएगा तो इसको और अच्छा हम कैसे कर सकते हैं और प्रभावी कैसे बना सकते हैं यदि कुछ परेशानियां भी आएंगी तो कुछ ज्योतिषीय उपाय हैं कुछ हमारे वेदों में जिन जो है निहित है कुछ पुराणों में उपाय हैं तो वैदिक विधियों के द्वारा आज हम आपको उपाय बताएंगे कि जनवरी माह को आप लोग अपने अनुकूल कैसे बना सकते हैं इस माह में आपके लिए सबसे लकी डेज डेज कौन-कौन कौन कौन से रहेंगे? Days, मतलब कौन से रहेंगे रहेंगे इस इस पर पर भी भी भी प्रकाश प्रकाश डालेंगे डालेंगे अनलकी मतलब अशुभ दिवस उस सर्वाधिक आपके आपके लिए शुभ कलर जो भाग्य का साथ दे कौन सा रहेगा इसको भी बताएंगे लेकिन आगे बढ़े दर्शकों को, को बताना चाहेंगे देख सकते हैं और एक बात प्रस्तुत राशि फल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है नक्षत्रों को मानक मान करके बनाया गया है तो दर्शकों प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए फटाफट और यदि आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग हमें सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं जैसे ट्विटर हो गया इंस्टाग्राम हो गया फेसबुक हो गया यूट्यूब पर ऑलरेडी आप लोग फॉलो कर ही रहे हैं इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार में इस राशि के जातकों कौन कौन से हैं तो इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं इस माह के प्रमुख और व्रत एवं त्यौहार में सबसे पहला जो आता है छह जनवरी मंडे सोमवार दिन रहेगा पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत रहेगा जी हाँ जिनके संतानें हैं तो उनके लिए ये व्रत एकादशी का रहा जाता है और दस जनवरी शुक्रवार दिन रहेगा पौष मास की पूर्णिमा रहेगी और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा रहेगी दर्शकों आप लोगों को फुलमून का जो व्रत बताते हैं तो दस जनवरी को ही रहना रहेगा क्योंकि ग्यारह जनवरी शनिवार दिन रहेगा और चंद्र ग्रहण इस दिन रहेगा तेरह जनवरी सोमवार दिन रहेगा और शकर चौथ रहेगा वहीं पंद्रह जनवरी बुधवार दिन रहेगा मकर संक्रांति बहुत बड़ा ये त्योहार होता है शाही स्नान किया जाता है और तमाम लोग स्नान करते हैं विभिन्न जो है पवित्र नदियों में तो स्नान करने का जो मंत्र है वो भी आप लोग जान लीजिए जब भी आप लोग स्नान करने जाइए मकर संक्रांति के दिन चाहे आप अपने बाथरूम में कर रहे हों चाहे आप फिर किसी जो है पवित्र संगम में या नदी में कर रहे हैं तो ये मंत्र जरूर पढ़िएगा गंगे चा यमुनेचा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्मिधम कुरु ये मंत्र है दर्शकों आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मंत्र को प्लीज़ आप लोग गलत मत करिएगा बस एक छोटा सा प्रयोग और ये कर लीजिएगा 15 जनवरी के दिन जब आप नहाने जाएंगे तो जल में थोड़े से सरसों के तेल डाल लीजिएगा तिल का तेल डाल लीजिएगा एक चुटकी हल्दी डाल करके तब स्नान करिएगा वहीं 20 जनवरी सोमवार का दिन रहेगा और शट्तिला नामक एकादशी व्रत रहेगा वहीं 24 जनवरी शुक्रवार दिन रहेगा मौन यामावस रहेगा जी हाँ मौन रहना है आप लोगों को मौन रह के स्नान किया जाता है वहीं उनतीस जनवरी बुधवार दिन और बसंत ऋतु का आगमन बसंत पंचमी का त्यौहार रहेगा तो मेष राशि के जातकों ये तो थे इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार अब चलते हैं आपके राशिफल की ओर लेकिन उससे पहले ग्रहों की गोचरीय स्थिति हम जान लेते हैं क्या कहती है तो देखिए दर्शकों शुक्र देव कुंभ राशि में चलायमान रहेंगे सूर्य और बुद्ध ये मकर राशि में चलायमान रहेंगे पंद्रह तारीख के पहले पहले, पहले सूर्य धनु राशि में रहेंगे लेकिन पंद्रह के बाद फिर ये मकर राशि में आ जाएंगे तभी इसको मकर संक्रांति बोलते हैं सूर्य का जो राशि परिवर्तन होता है इसी को संक्रांति बोला जाता है गुरु शनि और केतु ये धनु राशि में चलायमान है लेकिन 24 जनवरी को शनि देव का ट्रांजिट होगा बहुत ही मेजर ट्रांजिट होगा और ये आ जाएंगे आपके टेंथ हाउस में कर्म के घर में आ जाएंगे दर्शकों ये ट्रांजिट कोई आम बात नहीं ढाई साल के लिए ट्रांजिट हो रहा है और इससे रिलेटेड एक हमने वीडियो बना दिया है इससे रिलेटेड हमने उपाय बताया है तो आप लोगों को बस सावधान रहना है एलर्ट रहना है मंगलदेव स्व राशि वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं तो इन्ही ग्रहों गोचर नक्षत्रों के आधार पर राशिफल तैयार किया गया है तो दर्शकों ये जो माह स्पेशली रहेगा मेष राशि के जातकों को बहुत ही ज्यादा अंदर से ताकत देगा बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा देगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा जनवरी मेष राशि के लिए एक उपयोगी अवधि का वादा करके आई है आपको अपनी ऊर्जा सही ढंग से विभाजित करनी है आपके नैतिक पहलू बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे जो किसी भी स्थिति में ईमानदार व्यवहार की आप लोगों के प्रति गारंटी देता है लोग आपके लिए सलाह के पास आएंगे देखिए दर्शकों आपको बस उनको सही एडवाइस करना होगा इस माह दर्शकों मेष राशि के जातकों के लिए कोई नए रोजगार का सृजन होगा 24 जनवरी के बाद जैसे ही शनिदेव कर्म के घर में एंट्री लेंगे समझ लीजिए कि आप चौके छक्के लगाना स्टार्ट कर देंगे वैसे जनवरी महीना बहुत व्यस्त जाने वाला है ऐसा इसलिए प्रतीत होता है कि ये घटनाओं का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा मेष राशि के जातक अपने कैरियर के साथ साथ अपने निजी जीवन में भी आराम करने की स्थिति में नहीं होंगे इस माह आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा पराक्रम के घर में राहु देव का होना अपने आप में एक विशिष्ट विलक्षण प्रतिभा का आप लोगों के प्रति हतक है आप लोगों के अंदर जो प्रतिभा रहेगी उसको आप लोग दिखाएंगे उन्हें आप लोग जो है दूसरों के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे आपके कार्य व्यवहार से आपके उच्चाधिकारी बहुत प्रसन्न होंगे किसी से भी कोई झूठा वादा मत करिएगा झूठा प्रॉमिस मत करिएगा एक बात बताना चाहेंगे दर्शकों कि इस माह आपको जो है हो सकता है हड्डियों से रिलेटेड कोई बीमारी आ जाए जो चपेट इत्यादि लग जाए तो इससे आपको सावधान रहने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं वहीं पर शनिदेव टेंथ हाउस में बैठ कर हाउस पर दृष्टि दे रहे हैं जो कि चंद्रमा का घर है तो यहाँ पर दर्शकों ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि कोई भी यदि आप प्रॉपर्टी लेते हैं या कोई भी आप जो है भूमि का टुकड़ा हो गया फ्लैट लेते हैं तो पेपर वर्क आपको अच्छे से करना पड़ेगा वाक्य चातुर्य से आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा आपके कार्यों में तेजी आएगी तथा प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी इस माह कोई विवाह का रिश्ता आप लोगों के लिए आ सकता है कोई प्रतिष्ठित कार्य मेष राशि के जातक इस माह सफलतापूर्वक सम्पन्न करेंगे आपके पद प्रतिष्ठा में इस माह वृद्धि होगी ही होगी उस हाँ जो होता है पद प्रभुता अधिकार का होता है तो ये पद प्रभुता अधिकार आप लेकर ही रहेंगे मतलब वरिष्ठों एवं सम्मानित व्यक्तियों का आप लोगों को सानिध्य प्राप्त होगा इस माह सूर्य मंगल तथा शनि का गोचर थोड़ा सा जो है मतलब कष्टकारक रहेगा जिसके कारण आपका मन अशांत रहेगा किसी प्रियजन से अलग रहना होगा कोई धारदार वस्तुओं से चोट लग सकती है स्थान परिवर्तन का योग भी ये माह लेकर के आया है एक बात और बताना चाहेंगे बहुत ही जब अनिष्ट आ जाती है तो इसके लिए पंचमुखी हनुमत कवच का यदि आप लोग नियमित पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा एक बात और बताते दर्शकों मेष राशि के जात को इस माह यात्राओं का सिलसिला थमेगा नहीं बहुत ज़्यादा आप लोगों को यात्राएँ करनी पड़ेंगी लेकिन यात्राओं में जाने से पूर्व अपने लगेज की अपने सामान की आपको सुरक्षा स्वयं करनी होगी वाहन यदि आप वाहन से यात्राएं कर रहे हैं तो सीट बेल्ट वगैरह का आप लोग प्रयोग करिएगा अन्यथा चोटिल हो सकते हैं तो काफ़ी कुछ स्थितियां ये रहेंगी जो है जनवरी माह में जो भी चीज़ें 2020 में जो है 19 में आपके साथ आपने सोचा होगा कि ये चीज़ करेंगे नहीं हो पाई थी तो दो आपके लिए अच्छा रहेगा लेकिन चौबीस जनवरी के बाद से स्थिति काफ़ी सुदृढ़ रहेगी अच्छी रहेगी तो ये तो था देखिए दर्शकों मेष राशि का बहुत ही संक्षिप्त सा राशिफल बृहद राशिफल दो हजार बीस हमारे चैनल पर पढ़ा हुआ है आप लोग जा कर के देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं कमेंट में भी हमने डाल रखा है अब आते इस माह के शुभ दिवस पर कि वो ऐसे कौन से दिवस हैं जिनमें आप काम करें और आपके काम सफल हो जाए तो एक तारीख है चार तारीख है नौ तारीख है पंद्रह तारीख है इक्कीस तारीख है बाईस तारीख है तेईस तारीख है चौबीस तारीख है छब्बीस तारीख है इकतीस तारीख है बहुत ही ज़्यादा ये आप लोगों के लिए शुभ दिवस रहने वाले हैं वहीं प्रतिकूल दिवस की बात करें तो छह तारीख ग्यारह तारीख तेरह तारीख सत्रह तारीख उन्नीस तारीख इक्कीस तारीख की मॉर्निंग में दस से लेकर के एक बजे तक आपको विशेष सावधान रहना उसके बाद दिन अच्छा रहेगा और उनतीस तारीख आपके लिए प्रतिकूल रहेंगे भाग्यशाली कलर की बात कर लेते हैं तो पिंक रेड और ऑरेंज कलर आपके लिए सर्वाधिक शुभ रहेंगे शुभ अंकों की बात कर लेते हैं तो अंक एक नंबर वन एंड नंबर एट इस माँ आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी रहेंगे यदि दर्शकों चाहते हैं आप भी अपनी जन्म कुंडली का हमसे विश्लेषण कराएं तो आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं नक्षत्रों से संबंधित हमारे वीडियो बन गए हैं आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए नक्षत्र नाम से फोल्डर बना हुआ है आप लोग जा करके देख सकते हैं क्योंकि जो ग्रह हैं इनसे ज़्यादा मोर पावरफुल नक्षत्र होते हैं तो वो वीडियो भी आप लोगों के जो है जानना आवश्यक है उपाय पर चलते हैं आपको करना क्या रहेगा तो पंचमुखी हनुमान कवच का नित्य आप लोगों को पाठ करना रहेगा दूसरा घर से जब भी आप लोगों को निकलना होगा एक हल्दी की गांठ आपके जेब में हमेशा होनी चाहिए आपकी रक्षा होगी तीसरा दर्शकों एक काम और करिएगा कि बुधवार वाले दिन सुहाग की कोई भी सामग्री किसी महिला को दे दीजिएगा और यदि किन्नर मिल जाए तो उनको आप लोग सुहाग की सामग्री दे सकते हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा चौथा उपाय आपको करना क्या रहेगा दिशाशूल का विशेष ध्यान रखे तभी यात्राएँ करिएगा आप लोग हमारे डेली राशिफल से जुड़ सकते हैं डेली राशिफल में पंचांग के साथ साथ हमने उसमें दिशाशूल का भी वर्णन करते हैं चौथा उपाय आपको करना क्या रहेगा कि सुबह जल्दी उठना है दोनों हथेलियों के दर्शन करने हैं क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभातें कर दर्शनम कर मतलब होता है हथेली तो सबसे पहला काम है हथेलियों के दर्शन करना ये आप लोग करिए और किसी से कोई प्रॉमिस आप लोगों को मत नहीं करना है आ, मकर संक्रांति के दिन और मौनी अमावस्या वाले दिन जो हमने मंत्र बताया है उसको आपको जब करके स्नान करना रहेगा लेकिन सबसे पहले आप लोग करिएगा क्या जिस जल में आप लोग बाल्टी में जाइएगा तो उसमें आपको एक त्रिभुज बना लेना है और त्रिभुज के अंदर आपको क्रिंग मंत्र लिखना रहेगा कराज ऐसे लिखते हैं क्रीम मंत्र आप लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा दर्शकों आपकी सारी विपताएँ कट जाएंगी हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं साथ ही साथ यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप लोग ट्विटर पर जा करके हमसे ज्योतिष से, से संबंधित प्रश्नों को पूछ सकते हैं जनवरी माह में तमाम शहरों में भी हमारा आगमन हो रहा है तो आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं तो दर्शकों ये तो था हमारा मेष राशि का जनवरी माह का राशिफल अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है और विदा लेने से पूर्व आप सभी लोगों को पुनः एक बार नव वर्ष की मंगलमय कामनाओं के साथ छोड़े जा रहे हैं इस उम्मीद से कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा बगल में बना बेल आइकन दबाया होगा और जय श्री राम का उद्घोष हमारे कमेंट बॉक्स में आपने कर दिया होगा दीजिए इजाज़त तब मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय श्री राम